मॉडर्न बहू की कहानी सुनेंगे बहुत तमन्ना थी राजेश जी की कि बेटे रोशन की शादी करें और जल्दी से घर में सुसंस्कृत बहू का आगमन हो वे स्वयं बीमार रहते थे उम्र बढ़ने के साथ कई बीमारियों ने भी साथ धर लिया उनका पत्नी और एक छोटी बेटी थी बेटा मेडिकल स्टोर चला रहा था काफी खोजबीन के बाद मिर्जापुर की एक लड़की उनको पसंद आई बेटे के साथ परिवार के अन्य लोग भी देखने गए लड़की सभी को खूब जंच गई बात पक्की हो गई शगुन दे दिया लड़की को अब बस ब्याह की तारीख निकलने की देरी थी पर समझ नहीं आ रहा था तारीख निकलने में देरी क्यों हो रही हो अब हमारे रिश्तेदार ठहरे राजेश जी सो हमने सोचा क्यों ना फोन कर लिया जाए कि भाई अब शादी में देरी क्यों हो रही है फोन लगाया तो उनकी पत्नी शीला ने उठाया हमने लिया, अरे भाभी जी, बेटे की शादी अकेले ही कर ली क्या हमें बुलाया नहीं शीला भाभी बोली अरे भैया वो रिश्ता तो टूट गया अब आश्चर्यचकित होने की हमारी बारी थी भला क्यों लड़की तो अच्छी सुंदर संस्कारी थी भैया पर वो मॉडर्न नहीं थी हमें मॉडर्न बहुत चाहिए हम थोड़ा और चौंके मॉडर्न बहु क्यों क्या वह ठीक नहीं लगी लड़की तो मैंने सुना है बहुत ही अच्छी है घर का सब काम जानती है पढ़ी लिखी भी है अरे भैया पर मॉडर्न नहीं है ना? वह थोड़ा नाराजगी से बोली उसके परिवार वालों ने हमें पहले बताया नहीं हमें तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली मॉडर्न कपड़े पहनने वाली जिसे मेकअप भी अच्छा करना आता हो और साथ में जो कार चलाना भी जानती हो ऐसी लड़की चाहिए क्या आपने उसके घर वालों से इन बातों का पता पहले नहीं किया और आप पता कर लीजिए कहीं ये सब तो उसे आता हो और घर का काम ना आए बड़ों की इज्जत ना करे तब देखिए भैया मेरी लड़कियां सब बड़े शहरों में बह ही है सो सब मॉडर्न है अब बहुत छोटी जगह की आए और रूढ़ीवादी परिवार की तो हमें नहीं जजती यह बात आप बताओ गलत कही क्या मैंने बिल्कुल नहीं भाभी जी अब तक मुझे समझ आ चुका था कि किसी को जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती खुद तो आठवीं पास भी ना थी और छोटी जगह से भी थी अब बाजी के चक्कर में अच्छा खासा रिश्ता तोड़ दिया कुछ लोगों को समझाया नहीं जा सकता पर जो बात मेरी समझ नहीं आई वह यह थी कि मॉडर्न बहू के मायने क्या है क्या सिर्फ मॉडर्न पहनावे मेकअप से आधुनिकता को मापा जा सकता है या संस्कारों की भी अहमियत है जिंदगी में